अच्छा हम लोग देखेंगे जेड के कैसे इंस्टॉल किया जाता है इजी प्रोसेस जेड के अप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें इंस्टॉल करने का कोई पैसा चार्ज नहीं देना पड़ता है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोट विश्यामंदन में आपका स्वागत है अगर मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन ऑन कर ताकि मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको न्यूट्यूब मोबाइल पर चला जाए इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके फॉलो करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेट स्टार्ट गो अपनी विंडो ओपन कर लिया उसके बाद क्रोम ब्राउजर में हम हम लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर को ओपन करने वाला ऐसा इंटरफेस आएगा इसे सर्च बॉक्स में हम लोग सर्च करेंगे इंस्टॉल जे के टाइप करेंगे इंस्टॉल जेडी। इंस्टॉल कर दीजिए जे के ओके okay कर दिए इंटर कर दिए करने के बाद कुछ इस तरह के आंसर पेश आएगा फर्स्ट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे जावा डेवलपमेंट किट पर जावा डाउनलोड पर आ गया यहाँ पर तीन ऑप्शन है लेनेक्स मैक्स अब इंडो हम लोग इंडो पर इंडो के ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग इंडो के ऑप्शन पर जाएंगे आपका कंप्यूटर कितना बीट का चौंसठ बीट के बत्तीस बीट का डिसाइड कर देना मैं चौसा चौसा वाला डिसाइड कर रहा हूँ लिंक पर क्लिक करेंगे लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है देखिए डाउनलोड के ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड होना चालू हो गया कुछ तो वेट करेंगे हम लोग हम लोग का डाउनलोड कंप्लीट हो गया यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ शो फो फोल्डर में जाएँगे हम लोग फोल्डर आ गया हम लोग का यहाँ देखिए ऑप्शन है जो हम लोग डाउनलोड किया है यहाँ पर रहा उस पर क्लिक करेंगे दो बार दो बार क्लिक करने के बाद कुछ वेट करेंगे हम लोग प्रोसेस करने में समय लगेगा और देखिए हो गया यहाँ पर होके करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे कुछ कंडीशन पढ़ लेना उसके बाद नेक्स्ट कर लेना नेक्स्ट कर देना उस थोड़ा वेट करेंगे प्रोसेस अब चल रहा है इंस्टॉलिंग का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा आप लोग का पाथ भी सेट करेंगे हम पाथ सेट करके आपको प्रोग्राम एक रन करा कर दिखाएँगे थोड़ा वेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं आप आप हमारा हो गया यहाँ फिनिश कर देंगे यहाँ क्लोज करेंगे फिनिश नहीं करेंगे सॉरी क्लोज कर देंगे थोड़ा नेक्स्ट पर क्लिक करके ऑप्शन आ गया इसमें नहीं जाना क्लोज कर देना क्लोज करने बाद कैंसिल कर देकर फिर यहाँ फाइल में हम लोग जाएंगे फोल्डर फाइल में फोल्डर फाइल में जाने के बाद डीस पी में जाएंगे हम लोग डीस पी में जाकर जाने के बाद यहाँ पर सी ड्राइव में जाने जाएँगे पास सेट करें हम फिर वहाँ पर प्रोग्राम फाइल में जाएंगे हम लोग इसमें नहीं है इस फाइल में नहीं है हम लोग गलत हम चल गए गलत प्रोग्राम फाइल में जाना था बैक आएंगे वेक करने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम फाइल में जाएंगे प्रोग्राम का फाइल में जाने के बाद जावा यहाँ पर देखेंगे जावा यहाँ पर आए फोर था जावा पर क्लिक करेंगे फिर विन पर क्लिक करेंगे फिर सर्वर यहाँ से पात कॉपी कर लेंगे हम लोग ऊपर हो वाला कॉपी है जो ब्लू लाइन दिखा रहा है वो कॉपी है पूरे कॉपी कर लेंगे उसे बात करने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे इन्वामेंट लिखेंगे तो हम लोग का सेटिंग ओपन का हो गया जाएगा इन्वायरमेंट यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया एन्वायरमेंट का वहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट ऑप्शन आएगा यहाँ पर सेटिंग वाला वहाँ पे जाएंगे पहले यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन पाथ पा जाएंगे सॉरी ये गलत था रास्ते पर आ हम लोग कैंसिल करेंगे यहाँ पाथ का ऑप्शन चूज करेंगे ये भी गलत आए हैं है। पाथ का ऑप्शन चूज करेंगे हम लोग उस पर जाकर राइट क्लिक करेंगे एडिट का ऑप्शन आएगा आप एडिट का ऑप्शन पर न्यू पाथ करेंगे यहाँ पर क्लिक कर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे हम लोग पेस्ट करने का बाद ओके कर देंगे नोके करने के बाद ओके कर लेंगे फिर नोके कर देंगे यहाँ पाएंगे आएँगे एक बाइक जाए जाने के बाद यहाँ बीन का कॉपी करेंगे पूरा बात को बीन तक ही कॉपी करेंगे बीन सरोवर सरोवर को पूरा कॉपी कर लेंगे सरोवर तक कंट्रोल पर ये ऑप्शन आएंगे फिर सेटिंग करेंगे फिर अगला नेक्स्ट ऑबल पर जाएंगे न्यू करेंगे यहाँ पर होम डैश जावा करेंगे लिखेंगे वेरिएबल के नेम यहाँ पर सेटिंग पाथ के नेम हो जावा होम कैपिटल में लिखना आप लोग कैपिटल में लिखना चाहिए सेटिंग सही है होम डैश जावा जावा लिखने के बाद यहाँ पर कॉपी कर रहे जो पात वो पेस्ट कर देंगे ओके कर देंगे ओके ओके हमारे लोग का पात सेट हो गया ओके सेट हो गया पात अब हम लोग प्रोग्राम रन करा कर दिखाएंगे हम अपना वी एस ओपन करेंगे हम कोड एडिटर ओपन हो गया यहाँ पर देखिए फाइल एडिट हो गया हम लोग का यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है या हम लोग रन कराएंगे। यहाँ पर रन का ऑप्शन है रन कराने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया हेलो ओवर रन हो गया नीचे आ गया आउटपुट में उसे बॉर्डर कर ऊपर कर रहा हूँ अच्छे से दिखेगा आप लोग का यहाँ पर देखिए हेलो है, प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर